रामचरण तितज राधे गोबिंदा रामचरण तितज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा बजरा गो दे गोविंदा राम चरण चित लाइ रेजराज गोबिंदा रामचरण चित लाइ रे एक यदोजा धाम में आया धाम में आया एक मथुरा का भाज बढ़ाया एक मथुरा का भाज बढ़ाया दोनों जगत के साइरे दोनों जगत के साई भजराज गोमींदा राम रतनेिपलाई बजरा दे गोम राम चरण सिपेलाई एक सर झूठ धन सट एक सर चला जमुना एकमुनाथ के भेनु चराए एक नाच के भेनु चराए दोनों जगत के साइ रे दोनों जगत के साई रे बजोरा के राम रामचरण चित रे प्रहलाद कर हरी ने हलया फट प्रहलाद कर हरी ने हलगाया अर्जुन को सत्य जान सिखाया अर्जुन को सत जान दिखाया हर भी विधली ने अपनाई रे हर भी ने रे। भी विधि ने अपना भजरा दे गोविंदा रामचरण पितलाई रे भजरा दे गोविंद जब मारा तब तब तारा जब जब मारा तब तब तारा भगतों के तब हो तहारा भगतों के सब हो तहारा राम होता है जदूराई रे राम होया है जदूराई रे जोरा दे गोबिंदा डाय रतने लाइ भजरा दे गोबिंदा जो जन गे तो सुख पावे जो जन सुख तो पा रे अंत समय हरे धाम जावे अंत समय हरी धाम पुजारे मैन बीने लगा रे भजरा दे गोबिंदा राम तो चित रे भजरा दे गोबिंद राम राधे गोविंदा भजो राध को बिंदा राध गो बिंदा भजो राजध को बी रामकरण तुझे राधे